ये सोफ़ा है इसमें आपको एक सिंगल सीट इस आएगा यहाँ पर इस पर जो ऊपर जो कपड़ा लगा है ये स्वेड में है इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है वो रिक्रॉन है और इसमें 40 डेंसिटी का फोम इसमें यूज़ किया गया है ये आपको चालीस हज़ार के रेंज में आपको मिलेगा यहाँ पर इसमें और भी आपको अलग से कलर मिल जाएंगे इसे डायमंड कॉर्नर कहा जाता है यहाँ पर आप कॉर्नर देखेंगे यहाँ पर इसमें बहुत से ऐसे डायमंड लगे हुए हैं जिससे ये सोफ़े की खूबसूरती जो है इस डायमंड के वजह से इस आपको मिलेगी इसके साथ में आपको दो हर सीट पे पांच बड़े से कुशन मिलेंगे और पीछे आपको आराम के लिए एक दो सभी सीट के ऊपर हेड्रेस मिलेगा और इसके साइड में जो है ऐसे दो स्टूल आपको आएँगे एक इस एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में इसका स्टूल आएगा यह आपको मिलेगा तैंतीस हज़ार पाँच में जैसे बहुत से आपको कलर भी मिलेंगे